तो फिर से स्वागत है तो आइए हम टेबल नंबर वन देखें जो कि हम सेचुरेशन रेखा पर देख रहे हैं और बेस टेंपरेचर है तो हम कह सकते हैं टेबल वन सेचुरेशन रेखा बेस टेंपरेचर। आप यहाँ क्या देखते हैं फिर से एक पीटी डायग्राम जैसे कि हम जानते हैं कि सेचुरेशन रेखा टीपी से सीपी पी तक होती है यानी ट्रिपल पॉइंट से क्रिटिकल पॉइंट तक 3.001 डिग्री सेंटीग्रेड और 0.0006117 मेगापास्कल पर है मेरा टेम्परेचर को बेस कहने का अर्थ क्या है यह हमें समझना है यह मेरा लिक्विड वेपर पर सैचुरेशन रेखा है और इस पॉइंट को देखें जो कि इस एलवी वी सैचुरेशन रेखा पर है यह एक सेचूरेटेड लिक्विड सेचूरेटेड वेपर टू फेज कुछ भी हो सकता है पर यह लिक्विड वेपर सेचुरेशन रेखा पर है और जैसे कि मैंने पहले कहा है कि टेबल वन और टेबल टू केवल लिक्विड वेपर सेचुरेशन लाइन से संबंध रखते हैं तो टेबल वन यानी बेस टेम्परेचर है इसका अर्थ है कि मुझे किसी भी सिस्टम का किसी भी अवस्था का टेम्परेचर दिया हुआ है मुझे टेम्परेचर पता है और इस टेम्परेचर से संबंधित मैं थर्मोडाइनमिक अवस्था प्रेशर क्या है को पता कर सकता हूँ क्योंकि यह अवस्था इस रेखा पर है और क्योंकि इसकी फ्रीडम एक डिग्री की ही है यदि आप गिब्स फेज नियम याद करें तो हमें केवल एक ही पैरामीटर जानना है जिस क्षण हमें एक गुण प्रेशर या टेंपरेचर पता है हमें दूसरा गुण सहज ही पता है अतः वास्तव में यहाँ मुझे जो दिया हुआ है वो इस थर्मोडाइनेमिक सिस्टम का टेम्परेचर है और जो मैं यहाँ से प्राप्त कर सकता हूँ संबंधित पी सेट या दिए हुए टेम्परेचर पर सेचुरेटेड प्रेशर है यह मैं कैसे प्राप्त करूं यह मुझे दिया हुआ है कि यह सिस्टम एक विशेष टेम्परेचर पर है मैं बस इस रेखा पर वो पॉइंट निर्धारित करता हूं मैं सीधा उध्वाधर ऊपर जाता हूं मैं इस एलवी सेचुरेशन रेखा पर यह इंटरसेक्शन का पॉइंट निर्धारित करता हूँ और इससे संबंधित जो भी प्रेशर मुझे मिलता है उसे हम उस टेम्परेचर का सेचुरेटेड प्रेशर कहते हैं टेबल वन या पैरामीटर्स देता है मेरी टेबल वन है मैं स्टीम टेबल से टेबल वन का यह छोटा सा भाग लेता हूँ और आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ तीन टेम्परेचर दर्शाए हैं लेकिन मैं इन सभी चार पांच पन्नों के माध्यम से नहीं जा रहा हूँ उदाहरण के लिए मैंने कुछ टेम्परेचर लिया है स्पष्टतः यह टेबल फिर से टीपी से सीपी शुरू होता है तो ट्रिपल पॉइंट जो कि 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड पर है और क्रिटिकल पॉइंट जो कि 37.3.9 डिग्री सेंटीग्रेड पर है और इन पहले दो कॉलम पर नजर डालिए इन गुणों को मत देखिए जैसे वहाँ भी दर्शाया गया था पर इन पहले दो कॉलम पे ध्यान दें और यह पहला कॉलम आप जो देख रहे हैं वो है टेम्परेचर आधार टेम्परेचर इससे मेरा अर्थ क्या है इसका अर्थ है पहला कॉलम टेम्परेचर है अगर बेस प्रेशर है तो मेरा पहला कॉलम प्रेशर होगा तो मुझे इस सिस्टम के बारे में जो भी दिया गया है अगर मुझे टेम्परेचर ज्ञात है तो मैं टेबल क्रमांक एक देखूंगा और इस कॉलम से टेम्परेचर निर्दिष्ट करूंगा और इससे संबंधित दूसरा कॉलम जो कि पीसेट वैल्यू है मुझे इस टेम्परेचर का प्रेशर देता है तो ठीक है यह इस टेम्परेचर पर सेचुरेशन प्रेशर है और इसलिए हम इसे पी स्टेट टी कहते हैं यह मेगा पास्कल में दिया जाता है तो टेबल क्रमांक एक और टेबल क्रमांक दो में यही विभिन्नता है टेबल एक में टेम्परेचर आधार है और इससे संबंधित पी सेट टी वैल्यू हमें इस एल वी रेखा पर मिलती है तो अब हम स्टीम टेबल देखते हैं और खासकर टेबल क्रमांक एक देखते हैं यह देखने के लिए कि वह कैसी दिखती है यह टेबल क्रमांक एक है Saturation रेखा, आधार, तो दशमलव शून्य एक डिग्री सेंटीग्रेड से चालू होता है और संबंधित पी सेट टी है जीरो पॉइंट जीरो जीरो जीरो सिक्स वन वन सेवन मेगा पास जो मैंने इस स्टीम टेबल के छोटे से अंश में दिखाया था तो अब टेम्परेचर शून्य से बढ़ता है टीपी से सीपी तक तो अब आप देखेंगे कि टेम्परेचर की वैल्यूज वृद्धि में है यह अब 1 डिग्री सेंटीग्रेड वृद्धि है और इसके संबंधित जो है वह है संबंधित पी सेट वैल्यू अगर मैं आपकी सौ डिग्री सेंटीग्रेड पर एक वैल्यू दिखाऊं तो आइए उस पर नजर डालें हम देख सकते हैं कि सौ डिग्री सेंटीग्रेड पर पी सेट टी है 0.10142 यानी 0.1 मेगापास्कल मैं नीचे जा सकता हूँ टेम्परेचर की वृद्धि अभी भी 1 डिग्री सेंटीग्रेड है और आप देख सकते हैं कि यहाँ आखिरी वैल्यू है टी जो कि क्रिटिकल टेम्परेचर 373.946 है और उसके संबंधित क्रिटिकल प्रेशर हैं जो है पी सेट टी इस टेम्परेचर पर जो कि है 22.064 टू और अभी भी टेम्परेचर की वृद्धि सर्वतर है एक डिग्री सेंटीग्रेड अर्थात टेबल क्रमांक एक में टेम्परेचर दिया हुआ है सर्वतर एक डिग्री सेंटीग्रेड वृद्धि के साथ और टीपी से सीपी तक और अब आपको यहाँ मिलते हैं अलग अलग गुणों की सारी वैल्यूज हम इन गुणों को बाद में देखेंगे कुछ देर बाद हम पहले टेबल एक और टेबल दो के सिद्धांत को साफ साफ समझते हैं हम फिर से स्लाइड्स को देखते हैं आइए अब हम टेबल दो देखें टेबल दो सैचुरेशन रेखा अब आधार है प्रेशर फिर से हमारे पास समान डायग्राम है पीटी डायग्राम सिस्टम उस पर है क्योंकि टेबल एक और टेबल दो इन्ही रेखाओं से संबंध रखती है तो अब मैं यहां कहता हूँ कि टेम्परेचर की जगह प्रेशर आधार है तो मैं पहले से विपरीत दिशा में चलूंगा तो मैं प्रेशर निर्दिष्ट करूंगा अब मुझे प्रेशर दिया गया है तो मैं प्रेशर निर्दिष्ट करूंगा मैं सीधा बढ़ूंगा मैं सिस्टम पर इंटरसेक्टिंग पॉइंट देखूंगा और उससे संबंधित टेम्परेचर मुझे मिलेगा तो ठीक है आप यहाँ टेबल दो देखते हैं संबंधित प्रेशर निर्दिष्ट कीजिए दिए हुए प्रेशर पर यह पॉइंट ढूंढिए और यहाँ की टी पी वैल्यू प्राप्त कीजिए दिए हुए प्रेशर पर सेचुरेशन टेम्परेचर पहले हम टी पर पी सेट हासिल कर रहे थे और यहाँ हमें पी पर टी सेट मिल रहा है तो इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स इस सिस्टम के कोऑर्डिनेट्स होंगे टी सेट और पी सेट और उस सिस्टम के जो इस एल वी रेखा पर है प्रेशर और टेम्परेचर कोऑर्डिनेट्स होंगे टी सेट और पी सेट या टी सेट पी या पी सेट टी और हम इसके बारे में यही कह सकते हैं आइए हम टेबल दो को संक्षिप्त में देखें तो यह है टेबल दो सेचुरेशन रेखा आधार प्रेशर सबसे पहला पॉइंट है ट्रिपल पॉइंट प्रेशर और यहाँ जो आप दूसरा कॉलम देख रहे हैं वह है इस प्रेशर से संबंधित टी सेट तो दूसरे कॉलम में दिया हुआ है टी सेट पी तो प्रेशर वैल्यूज होंगी ट्रिपल पॉइंट प्रेशर से क्रिटिकल प्रेशर तक तो ट्रिपल पॉइंट प्रेशर है शून्य दशमलव जीरो मेगापास्कल और इस पी वैल्यू से संबंधित दूसरे कॉलम में से हमें मिलता है टी सेट पी तो ठीक है मैं समानता से इस टेबल में दो ट्रिपल पॉइंट प्रेशर से क्रिटिकल प्रेशर तक जाऊंगा तो आप यहां देख सकते हैं कि मेरा क्रिटिकल प्रेशर है 22.064 मेगापास्कल और उससे संबंधित टेम्परेचर है टी सेट पी जो कि क्रिटिकल टेम्परेचर है और है 373.946 डिग्री सेंटीग्रेड तो ठीक है कोई भी प्रेशर और टेम्परेचर से संबंधित गुड़ जो आप देखेंगे वह समान ही होने वाले हैं केवल यह विभिन्नता है कि आपको क्या दिया गया है या आपका आधार क्या है प्रेशर या टेम्परेचर अगर प्रेशर दिया हुआ है तो मैं टेबल दो को देखूँगा अगर टेम्परेचर दिया हुआ है तो मैं टेबल एक को देखूँगा और उसी से निर्णय होगा कि मैं कौन सी टेबल देखता हूँ जो गुण मैं इन टेबलों से प्राप्त करूँगा वह एक समान होने वाले हैं चलिए फिर से हम स्लाइड्स देखते हैं अब मैं वही चीज़ें संक्षिप्त में दिखाऊंगा। यह टेबल दो का छोटा सा अंश जो कि मैंने आपको अभी दिखाया है फिर से ट्रिपल पॉइंट प्रेशर से क्रिटिकल पॉइंट प्रेशर तक जाते हुए मैं आपको एक वैल्यू दे रहा हूँ कहिए जीरो पॉइंट जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के निकट है और इस शून्य मेगापास्कल से संबंधित है 99.6 दशमलव डिग्री सेंटीग्रेड जो कि बॉइलिंग 104 पॉइंट के निकट है तो यह बॉइलिंग पॉइंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर के निकट है तो ठीक है समानता से जैसे मैंने अभी बताया है क्रिटिकल प्रेशर पे ही टी सेट पी जो कि यहाँ का क्रिटिकल टेम्परेचर है तो हमने अब तक क्या सीखा हमने स्टीम टेबल्स देखे हमने स्टीम टेबल देखी और टेबल एक टेबल दो और टेबल तीन देखी उनके शीर्षक और हमने अब तक देखी स्टीम टेबल एक हमने टेम्परेचर का आधार और प्रेशर का आधार का सिद्धांत समझा आपका बहुत बहुत धन्यवाद